प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं पाऊ प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊ हे प्रभु मुझे बता ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूं भगवान ना जानू कोई पूजन अज्ञा कृपा करना दयालु कृपा करना दयालु इसके कैसे दिखा हे प्रभु मुझे बता कर्णों में कैसे आऊं मैं हूं पतित त्वामी तुम्हें हो पति तवन में पतित हो पति त्वामी तुम्हें हो पति तवनी अवगुण भरा हृदय में अवगुण भरा हृदय में प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊँ अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा ठुकरा वो मुझे अब ठुकरा वो मुझे अब चरणों में सिर झुका हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊँ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊँ माया के बंधनों से माया के बंधनों से चुटकार कैसे पाऊ प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे